नमस्कार ये जो फोन स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं ये देखिए आपको एक बाइक दिखाना चाहेंगे ये बाइक के जो पीछे के जो टायर हैं ये बहुत बड़े बड़े टायर हैं अब आपके जहन में सवाल आएगा कि भाई साहब बाइक के टायर इतने बड़े नहीं होते तो आपको बताना चाहेंगे कि ये बाइक तो है ही है साथ ही साथ ये ट्रैक्टर भी है तो छोटे किसानों के लिए मौज बन गई ऐसा हमने टाइटल लिखा है जितने भी हमारी इस खबर को देख रहे हैं खास तौर से छोटे किसान इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी हर एक तक पहुंचाई जा सके अब बैटरी वाला जी हां, बैटरी वाला ट्रैक्टर आपके शहर में आ चुका है ये तस्वीरें हम ट्रैक्टर की दिखा रहे हैं और ये देखिए ये आगे आप बाइक का भी काम इससे ले सकते हैं ये ये यहाँ से आप ये देख सकते हैं स्पिन को यहां से हटाएंगे तो आगे ट्रैक्टर का काम करेगा और पीछे ये देखिए पीछे की साइड हम आपको दिखाते हैं यहां पर आप ट्रॉली लगा सकते हैं और ट्रॉली के ऊपर करीब सात क्विंटल सामान रख सकते हैं यानी कि सात क्विंटल सामान आप ले जा सकते हैं और ये छोटा ट्रैक्टर आया है और इससे भी अच्छी बात ये है कि ये जो छोटा ट्रैक्टर है ये अब बैटरी से चलेगा ये देखिए ये बैटरी है ये देखिए ये बैटरी यहाँ पर लगी हुई है और जिसकी स्पीड रहेगी 25 से 30 किलोमीटर ऐसा बताया जा रहा है ये देखिए बाइक का भी काम किया जाएगा और साथ ही साथ जो छोटे किसान हैं जी हाँ जो छोटे किसान हैं वो अब अपने खेतों में ट्रैक्टर भी चलाएंगे इससे काम लिया जाएगा क्योंकि पेट्रोल का रेट बहुत ज़्यादा है डीजल का रेट बहुत ज्यादा है यहाँ तक कि जो सी है वो भी कहीं ना कहीं रफ्तार पकड़ती हुई दिखाई दे रही है तो अब इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर छोटा ट्रैक्टर आपके शहर में आ चुका है एक भैया हमारे साथ जुड़े हुए हैं बात करना चाहेंगे भैया क्या कुछ कहना चाहेंगे कब लेकर आए आप इसे ये हमारा फर्स्ट पीस है जो हमने यहाँ करनाल डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया है और ये एक छोटे किसानों और बड़े किसानों के लिए सबके लिए बहुत ही बढ़िया संदेश है क्योंकि कोई भी ट्रैक्टर ले लो ढाई तीन लाख से कीमत का कम का नहीं आता तो पहली बात पराई जी अगर बात करी जा तो मात्र अस्सी हजार ऐसी स्टार्टिंग है बस हाँ। दूसरी बात तेल नहीं लगेगा बिल्कुल भी खर्च नहीं है साहब अच्छा। पाँच से छह घंटे का बैटरी बैकअप है अच्छा। लोड की बात करो सात से आठ क्विंटल वजन उठा सकती है हमारी शकूनो जो ये अच्छा जी तो सात कुंटल कौन सा उठा सकती है आप गेहूँ उठाओ ट्रोली में लोड करके अनाज उठाओ इसकी अलग से ट्रोल आई हुई है एक अच्छा जो ट्रोल तो भैया आप दिखाओ जरा ट्रॉली इसकी कहाँ लगेगी यहाँ पर आके दिखाइए कहाँ इसकी ट्रॉली लगेगी यहाँ पे जुड़ेगी हाँ जी पहला फाउंडेशन ट्रोल का यहाँ ज्वाइंट होगा पहला? क्या कह रहे? पहला फाउंडेशन ट्रोल का यहाँ ज्वाइंट होगा और दूसरा फाउंडेशन फिर यहाँ पे ज्वाइंट होगा अच्छा हाँ जी तो ये किसानों के लिए ट्रैक्टर का भी काम करेगी और जी आपका डीजल आप देख ही रहे हो कितना महंगा है छोटे किसान के लिए सबसे बेस्ट फार्मूला है जी अच्छा मैं तो कहूंगा सभी किसान एक बार देखें। हम इसका कल डेमो करने जा रहे हैं आपके असंध में अच्छा। ग्राम भारी से अरुण राणा जी के यहाँ अच्छा। हाँ जीत में इसका डेमो होगा डेमो होगा अरुण राणा जी के यहाँ पे अच्छा। तो दोस्तों आप ये देखिए किस प्रकार से बेहद ही एक अच्छे अच्छा। अंदाज में एक अच्छे अंदाज में आप देख सकते है जो ये ट्रैक्टर है वो यहाँ पर देखा जा रहा है जितने भी लोग हमारी इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कर दीजिएगा ताकि छोटे किसान जो हैं जी आ, छोटे किसान जो है कही न कहीं ना कहीं लाभ उठा सकें आपने बैटरी वाला ट्रैक्टर इससे पहले कभी नहीं देखा होगा तो दोस्तों आप इस ट्रैक्टर को देख लीजिए किस प्रकार से हरियाणा के करनाल जिले में अब ये ट्रैक्टर लॉन्च हो चुका है जितने भी लोग हमारी इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करते रहें। एक भैया यहाँ से गुजर रहे थे उन्हें हमने हमने उनको आगे से बाइक का भी काम करेगी और पीछे ट्रैक्टर है ये देखिए ये, ये ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर के पीछे यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर जो है ट्रॉली लगा दी जाएगी जिसकी हाइट जो है करीब जिसकी लंबाई जो है करीब पाँच फुट होगी जी हाँ इसकी लंबाई पाँच फुट होगी भैया लंबाई कितनी होगी जी पाँच फुट ही है पाँच, पाँच फुट, फुट के जी जी जी जी जी तो आ, आ, क्या क्या ये काम ले सकते हैं हम इससे इससे हम छोटा किसान खेत की जुताई कर सकता है मेड निकाल सकता है स्प्रे कर सकता है खेत में और भाई जैसे अपना खाद हुआ खाद भी खेत में ले जा सकता है आपका चारा हुआ घर पे लेके आना है चारा भी ला सकता है नॉर्मली सब्जी वाले व्यापारी है मंडी में सब्जी लेके जानी है पाँच सात दस किलोमीटर अच्छा। उसमें भी कोई कोई तेल नहीं भूगा कुछ नहीं वो भी काम कर सकता है वो भी काम कर सकता जी है जी। तो इससे पहले ये ट्रैक्टर कहाँ चला गया कहाँ चलता था पहले ये सर ये नई लॉन्चिंग है हाँ। किसानों को देख के की कि किसान सबसे ज्यादा तंग है अच्छा। तो सबका ध्यान किसान के प्रति है हाँ। हमारी कंपनी ने भी थोड़ा किसान के प्रति सोचा किसान सबको खिलाता है तो क्यों ना किसान के प्रति कुछ न कुछ उसकी तरफ भी ध्यान दिया बैटरी कितना चलती है इसका बैटरी इसका चलेगी जी बैटरी चलेगी इसका आपका छह से सात घंटे चार्ज कितने घंटे में होती है चार्ज होती है ढाई घंटे में दो से ढाई घंटे में चार्ज हो जाएगी मतलब दो से ढाई घंटे में चार्ज होगी और पांच से छह घंटे जो है चलेगी जी ना। और स्पीड क्या रहेगी इसकी स्पीड रहेगी 20 से 35 की स्पीड बीस ऐसी पैंतीस जी जी प्रति किलोमीटर घंटा तो सब्जियाँ सब्जियाँ उगाने में और क्या कल्टीवेटर भी लग सकता है कल्टीवेटर भी लग सकता है फिलहाल रूटावेटर भी लोन छो रहा है इसका इसी का रूटावेटर लोन लोन छोड़ा है अच्छा, तो भैया हाँ। कहाँ ऐसी लेकर आ रहे हो आप ये ये फिलहाल हमारे एक साथी ने एजेंसी ली है यही पे करनाल में सतीश राणा जी ने उन्हीं के गाँव में डैमो के लिए जा रहे हैं मात्र तीन महीने हुए हैं इसकी लॉन्चिंग को अभी अच्छा। तो हरियाणा के अंदर पहला पीस आया है ये डेमो अच्छा। के लिए अब जैसे जैसे अच्छे रिजल्ट आएंगे करीब 200 सौ मशीने बेच चुके हैं पहले अच्छा। अलग अलग स्टेटों में बड़े बड़े किसानों के पास अच्छा। अब यहाँ पे पहला शोरूम लॉन्च किया है कंपनी। अब ये पहला शोरूम लॉन्च किया है लीजिए दोस्तों देख लीजिए एक नया ट्रैक्टर आया है जी हाँ नया ट्रैक्टर आया है आपके शहर में तो जितने भी व्यूवर्स हमारी इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ये देखिए भैया एक मिनट पीछे होना ये देखिए किस प्रकार से ट्रैक्टर का तो काम लिया ही जाएगा साथ ही साथ आगे बाइक लगी हुई है बाइक का मतलब आप समझ सकते हैं कि आप कहीं पर भी सब्जी खरीद सकते हैं कहीं पर भी आ जा सकते हैं ये देखिए ये एक बैटरी वाला जो ट्रैक्टर कम बाइक जी हाँ ट्रैक्टर कम बाइक इसको जरूर बोलेंगे और इसी के पीछे भैया एक बार दोबारा बताएं जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको हम दिखाएंगे की ट्रॉली कहाँ लगाएंगे आप ट्रॉली तो तो तो हम यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे अच्छा। ये जो ट्रॉली है वो यहाँ पे ज्वाइंट होगी और जो हमारा कल्टीवेटर है अच्छा। ये हमारा लेजर है वो यहाँ पे ज्वाइंट होगा अच्छा। ये पार्ट्स निकल जाएगा यहाँ से ये यह दो पिन निकाल लेंगे अच्छा। जो दूसरा पार्ट है वो वहाँ पे जोड़ दिया जाएगा ठीक है जी उससे हम खेत की सिंचाई कर सकते है मतलब खुदाई बुआई मेड वगैरह अच्छा तो ये इसके आगे क्या मतलब स्टेयरिंग स्टेयरिंग कहाँ लगेगा ये स्टेयरिंग जैसे बाइक का लग गया है जैसे बाइक का स्टेयरिंग लगा है ऐसे ही फिर ट्रैक्टर लग जाएगा इसमें ट्रैक्टर वाला स्टेयरिंग लग जाएगा अच्छा। जो नॉर्मली किसान चला सकेगा तो ट्रॉली और ये बाइक ये सारा सिस्टम अस्सी हजार का बता रहे हैं नहीं सर ट्रॉली अलग से लेनी पड़ेगी दो लेजर हैं और जो खेत वाला स्टेयरिंग है ट्रैक्टर जिसे बोलेंगे ट्रैक्टर बनेगा वो इसी के साथ आएगा अस्सी हजार ओवरऑल जो देखा जाए सभी पार्ट कितने के हैं मैक्सिमम एक लाख में सभी कम्प्लीट हो जाए एक लाख में सभी कम्प्लीट हो जाएगा तो कोई फाइनेंस की भी सुविधा है अभी ऐसी कोई सुविधा नहीं है फिलहाल लॉन्चिंग है नई नहीं, नहीं। वो किसानों के ऊपर जैसे किसान को अच्छा लगेगा मार्केट में अच्छी लॉन्चिंग होगी तो शायद ये भी स्कीम में निकल जा अच्छा। क्योंकि सभी के लिए निकली है आजकल तो भैया अगर किसी को लेना हो तो क्या बुक करवाना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा जी बुक कराना पड़ेगा पहले कहां पर बुक हमारे यही करनाल में होगा मेरा मोबाइल नंबर लिख लो सेवन सिक्स वन टू फाइव अच्छा। फोर सिक्स दुष्यंत राणा मेरा नाम है अच्छा। मैं सुकूनो कंपनी का डीलर हूँ अच्छा। मतलब अपना यही काम रहता है आपका यही काम रहता है थी थी। चलिए दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये भैया यहाँ से गुजर रहे थे ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रेलवे रोड की हमने देखा कि ये क्या एक अजीब सी चीज लेकर यहाँ से गुजरते हुए दिखाई दे रही हैं जब इन भैया से हमारी बात हुई तो इनका साफ तौर पर ये कहना था कि साहब ये बाइक नहीं है ये देखिये आगे की जो शेप है वो बाइक की तरह लगती है जैसे कोई इलेक्ट्रिक बाइक हो लेकिन पीछे से देखने से पता लगता है कि ये ट्रैक्टर है यानी कि किसानों के लिए जो छोटे किसान है उनके लिए बेहद ही ज्यादा खुशखबरी वाली बात है तो जितने भी लोग हमारी इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि छोटे किसानों तक जी हाँ छोटे किसानों तक ये खबर पहुंचाई जा सके और ये देखिए किस प्रकार से कोई पेट्रोल नहीं कोई डीजल नहीं कोई सीएनजी नहीं इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है ये दोस्तों और हरियाणा में इसकी ये पहली लॉन्चिंग है आप ये देख सकते हैं ये भैया अब यहाँ से इसको लेकर जा रही हैं आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दें ताकि ये जानकारी हर एक तक पहुंचाई जा सके सात क्विंटल क्षमता वाला जो ये ट्रैक्टर अब हरियाणा के करनाल जिले में लॉन्च हो चुका है जी हाँ सात क्विंटल आप कुछ भी ले जा सकते हैं इस वीडियो को देखने वाले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें अपडेट आपको देते रहेंगे